जरत बाबा फरीद के पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के खलीफा क्या नाम है ख्वाजा कुतबुद्दीन मकतब में पढ़ने गए ना पहले दिन चार साल की उम्र थी तो कार्य साहब ने अल बात आशा पढ़ाया तो उन्होंने पंद्रह सपारे कुरान पा के सुना दिए तो कहने लगे बेटा तुझे कैसे आए कहने लगे मेरी अम्मा पंद्रह सपारों की आफज है वो सारा दिन कुरान पढ़ती रहती थी मुझे सुन सुन के याद हो गया है जब बालानुगाल याद हो सकती ने तो कुरान पाँच भी याद अल्लाह खैर करे शर्त यह है कि हम घर में कुरान पढ़े बच्चों को सुन सुन के भी याद हो ही जाता है ख्वाजा कुतबुद्दीन इतना अरूज पाया इस शेख कामिल ने के वक्त का बादशाह भी मुरीद हो गया सुल्तान शमसुद्दीनश मुरीद था दिल्ली का बादशाह भी मुरीद था अजमेर का बादशाह ख्वाजा मुहिन्दी साहब का मुरीद नहीं हुआ ना पाक पतन का बादशाह बाबा फरीद का मुरीद हुआ लेकिन ख्वाजा ने ये भी दी ये शान है ना अगर सदका सारा ख्वाजा मोहनुद्दीन के कदमों का ही था लेकिन दिल्ली का बादशाह मुरीद हुआ और इतना आला मुरीद्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का विशाल हुआ तो तीन शर्तें लगाई थी फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए जब से तोबा किया फिर उसका सीनेबाद हराम के लिए ना खुला और जब से तोबा किया फिर लुकमा हराम उसके गले से ना गुजरा और जब से तौबा किया फिर कभी नमाज तहजत भी कजा बड़े बड़े सूफी मेरी तरह के गर्दन झुका के खड़े हो गए सातवीं साहब से दिल्ली का बादशाह निकल आया कहने लगा पीरा सारी जिंदगी मैंने पर्दादारी से इबादत की थी तो जाती दफा मुझे बेनकाब कर गया है इतना बड़ा उन्होंने शख्स दिया हाल ये था लोग कहते कि फलाना आदमी अमीर आदमी है तो हजरत साहब का तल्लक पीर साहब का तल्लक ज्यादा है तो उसकी इमारत ना देख कभी कभी उसकी परहेजगारी भी देख उसकी खिदमत गुजारी भी देख खाजा कुतुबुद्दीन साहब पे भी इल्ज़ाम लगते रहे एक इल्ज़ाम ये भी लगा के, के करीब चले गए हुआ क्या जब बादशाह मुरीद हुआ तो कहने लगा हजरत जी मैंने बादशाह ही नहीं करनी मैंने अब खानका में रहना है तो फरमाया बेटा तू छोड़ देगा तो कुछ ालम बैठ जाएगा तो हजूर फिर क्या हुक्म है फरमाने लगे तू करनी है तो कहा हजूर आप वो कहाँ होते हैं मैं कहाँ होता हूँ डेली नहीं लगता तो आप फरमाने लगे मैं डेरा उठा के तेरे करीब ले आता हूँ ख्वाजा साहब एक किलोमीटर के फासले पर डेरा उठा के ले आए फरमाने लगे मैं तेरी तरबियत करता रहूंगा तू मखलूक का भला करते रहना सल्लाह हो तू हजूर की उम्मत का अल्लाह वो करीब है उस वकत भी लोगों ने बड़ी बातें की देखो जी बादशाह था ना तो पीर साहब ने आ गए लोग देखते नहीं कि असल बात क्या है खैर वक्त गुजर गया बादशाही मुरीद हो गया तो फिर दिल्ली सारे में इस्लाम इतना अदल इंसाफ हिंदुओं को बात पसंद नहीं आई उन्होंने कुछ मुसलमान खरीद लिए सुल्तान शमसुद्दीन तमज बैठा है दरबार में जागरे ना आप लोग सब कहिए सल हो बड़ी गौर से सुनने वाली बात एक दिन सुल्तान शमसुद्दीन तमज दरबार में बैठा है काजी अदालत भी बैठे हैं मुकदमात सुने जा रहे हैं बाहर से रोने की आवाज आने लगी चीखने चिल्लाने की बीबी बैन कर रही क्या हो गया क्या हो गया वो टल लगे होते थे बादशाहों के वो बजने लगे जोर होने लगा बादशाह ने कहा इस फरियादी को जल्दी बुलाओ वो अंदर औरत आई तो चीख चीख के रो रो के उसने अपने कपड़े फाड़ फाड़ के बुरा हाल दो महीने का बच्चा लोग उसकी उसकी आहोजारी पर उसकी तरह मुतवी क्या हुआ पानी पिलाओ बिठाओ ये, क्या हो गया लगी लुट गई बर्बाद हो गई तबाह कर दी गई तो मैं क्या हुआ कहने लगी बाद एक शख्स मेरा गैर बना, फिर मुझे हमल हुआ फिर मेरी गोद में ये बच्चा है दो महीने का अब गई हूं तो वो कहता है कि मेरा तो तेरे से तलक ही कोई नहीं बादशाह कहने लगे ये सुल्तान शमसुद्दीन तमस की जगह है और मैंने रसूल सल्लम के दिन के मुताबिक हुकूमत उसकी है कौन है वो तेरे साथ अभी गर्दन न काट दूंगा बात कर कौन है लगी तो कुछ भी नहीं करेगा कोई कुछ नहीं कर सकता लोग कल में छोड़ के बैठ गए तोज्जो उधर हो गई पर आपो गड़ा असर करते हैं मुआरे पे रंग ऐसा अजीब है अंदाज ऐसा अजीब है फरमाया बात तो कर उस औरत की आवाज गूंजी तो हालात ही खराब हो गए कहने लगी बादशाह हौसला पैदा कर सुनने का का तू बात कर कहने लगी मेरे गोद में जो बच्चा है ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है ये तेरे पीर की नजायज औलाद है उठाओ प्रोफेसर सलीम चिश्ती ने पीएचडी किया वो लिख रहे हैं इस वाक्य को तेरे पीर का नाजायज बच्चा है हाथ कांपने लगे बादशाह के कहने लगे या ला कभी तो कयामत बरपा कर दे तो मामला ठीक हो जाए मैं तेरी जुबान खींच दूंगा तेरी गरतू ने बात कैसे की कहने लगी मैंने कहा था ना तेरे अंदर हौसला नहीं मेरी इज्जत तार तार हो गई और तू पीर बचा रहा है अल्लाह अकबर सुल्तान शम्सुद्दीन तमश आसमान की तरह देख के कहने लगे मौला मुझ मुजरिम को जिसकी बरकत से उठा के तुने मस्जिद में पहुंचाया आज मुझे तूने किस इम्तहान में डाल दिया ये क्या रंग तुने जिंदगी का बनाया है लगी बुला उसे अल्लाह अकबर कुतुबुद्दीन उस जगह पे अपने आप को खड़ा करके देख मेरे दोस्त जो शख्स दिल्ली के बाजार में निकले तो दुकानें बंद हो जाए औरतें घरों में घुस जाए जिसके नाम पर चर्चे हों दीन के वो शख्स लाठी टिकाता टिकाता उर्स मनाने आसान है ढोलढमक्के करके घरों को जाना आसान है पर ज़रा किराहों का मुसाफर तो बन इन्होंने अंदाज क्या इख्तियार किया हजरत खाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खबर फैल गई इतनी शहरत पाकिजगी की नहीं हुई थी जितनी इस जुर्म की हुई लाठी टिकाते टिकाते जब पहुंचे ना बादशाह के दरबार में बादशाह उठने लगा काजी उठने लगा लोग उठने लगे तो कुतबुद्दीन बख्तियार काकी की, की आंखों में आंसू आए माने लगे बेटो बैठ जाओ आज मैं पीर बन के नहीं आया मैं मुजरम बन के आया और कहा मेरे मालिक का इंसाफ भी देखो दिल्ली का पीर आज दिल्ली की अदालत में अपने ना करदा जुर्म की सफाई देने आया है बड़ी लाठी पे लगाई दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग अल्लाह ये तेरा क्या रंग है ये ते मैं गुड्डी हथ डोर सज्जन दे ओ, जे सुन आई मेरे दुख बच राज मैं सुख नावा यार फरीदा कद मिल पे सोना <laughs> यार फरीदा जे कदी मेल पे सोना बस ओनू रो रो हाल सुनावा टेक लगाई है बीबी <laughs> बोल दे गवाई कहने लगी बीबी रब जानता है रब का रसूल जानता है पर मैं तुझे नहीं जानता तू कौन है कहने लगी अच्छा वो लोगों को भेज के तजेत के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना रब तेरा भूल जाना फिर रोने लगी फिर मकर करने लगी मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते दिल्ली का माहौल ही बदल गया सारा सारा हराम ही बदल गया औरत तो हिंदू थी उसने तो झूठ मूट के कलमे भी पढ़ रखे अल्लाह अकबर खाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास तो चार कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करे आमीन तो कहे आमीन। तो खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है जाते भी देखा ख्वाजा कुतबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी मैं गुडी ते हथ डोह सज्जन दे वो जिंज रखे उंझ रहना है वाजब नहीं बेच मंदा खसम कहना कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहल्त नहीं दे देता मैं सवेरे सुल्तान भी रुख पड़ा कि पीर साहब मैं मैं नौकर और मैं मोल एक अच्छा हजूर जैसे मर्जी बाहर निकले खानम कहने लगा हजूर सवारी पर बैठ जाए वो लगे नहीं यार आज पैदल जाना है इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियाँ दी है जरा मैं देखूँ तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे इनका जायका भी पैदल गए दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया काजा मोइनुद्दीन हयात थे बेख़बर हो जो गुलामों से वो क्या है बेखबर हो जो ग़ुलामों से वो मुँह किया कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लबारुस तो नहीं ना मैं कोई लवारस हूँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए तेरी मजबूरिया दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया मैं कोई लवार नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करू बुढ़ापे का मुझे भी पता है कमजोरी का मुझे भी पता है जोफ का मुझे भी पता है पर तो थोड़े थकड़े कानदड़िया मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी कान दड़िया मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम ने यम, कादरी यम मैंने भी तो गुलामी है, ये कहे। कहते है मैं रोया। लगी तो में मिले कहने लगे कुतबुद्दीन मेरा इंतजार करना मैं पहुंच रहा हूं मेरा इंतजार करना मैं मेरा इंतजार क्या कहा मिया साहब ने कहते हैं माली दाग कम पानी देना फल कच्चे पक्के पीर मुरीद दे है, सच्चे, मैं आया, फिकर ना करना फिर उठे, गए अदालत फिर कहा ना भाई परोटोकोल मुजुर्मो का प्रोटोकोल नहीं होता मैं अकेला जाऊंगा जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा दो चार मिनट ज्यादा ले लू आ जाते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हजूर बताइए गवाह भी खिलाफ है मुकदमा बोले तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर कौन आया वहां से हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं यहाँ से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता ट्रेन भी छत्तीस घंटे लेती है दिल्ली से जाने में तो कहा यह कैसे हो सकता है कोई रात को रात आपको खबर हो गई आप केस को लंबा ना करें बादशाह मुरीद है लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है फिर बड़ी तकलीफ होती है हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा तीन दिन के लिए अदालत बरखास्त कर दी जाती है चेम गुनिया होने लगी फपतियां कसी जाने लगी तीसरे दिन शाम का वादा था चौथे दिन अदालत जाना था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं यहां तो लोग सफाइया देते न, बोलते नहीं फरमाते यार मैं गुडी के हाथ ढोर सज दे वो जेंज रखे मैं ओंझी रहना जैसे उसकी मर्जी वैसे जेडिया गुडियां आप पे हो, ना चढ़ाइया ही गुडिया उच्चिया उड़िया जब चढ़ाइया फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूं अल्लाह अकबर तीसरे दिन की मगरब का वादा था जब मगरब का सूरज डूब गया ना बड़े काफिले जमेर से आए पर मोहिनी दीन ना आया वादा <laughs> किया थार ने आऊगा ढले वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमत ताल फरमाया करते थे ना कब्बा खाने लगा आंखें तो कहने लगे कागा ये तन सारा ही खाइ मेरा चुन चुन खाइयो मास मेरे दो नैन ना खाइयो मैनु पिया मिलन दी आस मैं कहा सारा खा जा आंखें छोड़ दे उसने कहा था मैं आऊंगा इंतजार लंबा हो गया है पर मेरी उम्मीद तो नहीं ना टूटी मगरब की अजान हुई तो लोग कहने लगे लो जी अब बस हो गई खाजा कुतुबुद्दीन साहब ने अल्लाह अकबर कह के, के मगरब की जमात जब मैदान में खड़ी की तो अपनी भी चीख निकल गई आए नहीं लेकिन जब नमाज का सलाम फेरा तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की दो रखते हैं अभी बाकी थी ख्वाजा साहब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं सलाम फेरा और नमाज के बाद जब उठे ना तो ख्वाजा साहब के सीने के साना लगा तो काजरत जी मैं शहजादा था आपने कहा था खुश्क रोटी खाना तो मैंने खुश की खाई है आपने कहा था फाके करना तो मैंने किए हैं आपने कहा वतन वापस नहीं जाना तो मैं नहीं गया उजुरी का आपने बताया ही नहीं था कि मुझे बता जाते अभी अब इस सफेदीन साहब ने झटका पीछे इज्जत वाला था तू ज्यादा मकाम वाला है कि आयशा ज्यादा मकाम वाली थी चुप कर ये कुछ का तरीका है चुप कर अब गलती हो गई मैं पहले नहीं रोया तू मिला है तो रोया हो मैं पहले नहीं तड़पा मैंने शिकवा नहीं तू मिला है अपने ही को मिले तो दुख याद आते हैं ना फर्मा चौप कर जा सुल्तान से कह दे सवेरे नमाज के बाद अदालत लगा दे देवे जब अदालत लगी ना तो खाजा मोइनू साहब बाजू पकड़ा ख्वाजा कुतुब साहब का निकले तो देखा लाइने लगी है मजमा लगा है आंखों में आंसू आ गए काजूर आप क्यों रोते हैं फरमाया मेरा दिल था लोग मेरे कुतुब की शान देखने आए ये कितने बदब्त है मेरे कुतुब की रसवाई देखने आए कितने नालायक देखने इतने आए हैं शान देखने आते ही नहीं अल्लाह अकबर जब मैदान लगा खाजा साहब पहुंचे औरत को कहने लगी अल्लाह से डर जा वक्त थोड़ा है तू मर जाएगी कहने लगी मुझे दास्ताने ना सुनाए काजी साहब से कहने लगे काजी साहब आप हकीकत हाल से आगाह हैं ख्याल करें कहने लगे ख्वाजा साहब दलीले ना दें गवाह लाए बात ना करें खाजा साहब रमतुल्लाने लगे गवाहों को बुलाओ गवाह आए तो खाजा मोइनुद्दीन साहब ने नजर तुम हो मेरे कुतब पर मेरे कुतब के जुरम के गवाह। उनकी कांपने कांपने लगी, हाथ लगे। मैं बोलता क्यों नहीं जब उनकी नजरें झुकी तो बादशाह कहने लगा अगर अब तुमने गवाही ना दी तो तुम्हें मैं मुजरम बना के अस्सी असी कोड़े मारूंगा कहने लगा जी देखा है जी देखा है हमने तो वकत जब सब गवाहियां पूरी हो गई औरत भी तड़प रही है रो रही है दो महीने का बच्चा गोद में है अब बोलिए बोलिए भी खड़े हैं हसद करने वाले जलने वाले भी खड़े हैं, हिंदू तो वैसे ही तालियां बजा रहे हैं। अजमेर का बूढ़ा और ये आखिरी फेरा था खाजा मोइनुद्दीन का दिल्ली में उसके बाद जायरन दोबारा नहीं आए उठे लाठी टिकाते टिके और मैदान के अंदर जाके ना बड़े मैदान में मजमा था सर सजदे में रखा कह लेंगे या मैं हिंदुस्तान मर्जी से नहीं आया तेरे रसूल का भेजा आया हो फिर उठे और कहने लगे मौला तेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत क्यों मा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे अगर यूसफ के लिए बच्चा बोल सकता है तो मेरे कुतब के लिए भी बोलना चाहिए अगर यूसफ़ के लिए बोल सकता है तो मेरा कुतबोद्दीन भी सच्चा है इसके लिए फिर उठे उस बीबी की तरफ बड़े लोग कहने लगे न जाने अब क्या होगा जब अजमेर के बादशाह ने अत रसूल ने इंद वली ने इमाम ने कपड़ा खेंचा और कहने लगे वो बच्चे तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है दो महीने का बच्चा जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी आप क्या कर रहे हो बच्चे भी कभी बोलने हैं तो मैं बीबी चुप कर इन अल्लाह अला इन कदीब मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं कुदरतो वाले रब का मानने वाला हूँ वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं कुरान कहता है, बोले थे। इन्नी है। हो बच्चा बोल सकता है तो अगर वली वलीअला की उम्म का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है यू कपड़ा टाया बच्चा बोल दो महीने का बच्चा माँ की गोद में उठ के बैठ गया पर बच्चा बोल के कहने लगा अस्सलामू अलैकुम या असला जब ये किए तो नारे लगने लगे लोग रोने लगे बीबी बेहोश सरदार बैठा है वो मेरा बाप है कुतबुद्दीन तो बेगुना है कुतबुद्दीन तो बेगुना है मेरा बाप तो वो बैठा है ये काली भी साधिश में शरीक है कई मुसलमान खरीदे गए ये गवाह खरीदे गए जब गवाही हो गई बच्चा यह लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया खाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा खाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है जिसने बोलना था वो जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले फरमाया तुमने फोम पर नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी तुमने इसके किरदार को जजोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। किरदारजरतज सुल्तान शमसुद्दीन तमज भी पीछे दौड़े का हजूर कहा ले जा रहे हो और मैं, मेरा है, मैं साथ लेके जा रहा हूं अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द अब मेरे पास रहेगा तुमने सताया मेरी औलाद को अब ये मेरे पास रहेगा मैंने नहीं तुम्हें देना लोग राहें बिछा के नजरें बिछा के बैठ गए पाओ में गिर गए कहनेजूर हमारे लिए नहीं रसूल के दीन के लिए हमारे लिए नहीं शरीयत के के के लिए लिए सुन्नत छोड़ आजा कहने छोड़ जाइए साहब लगे कुतुबुद्दीन जा तुझे जाता हूं। अब कयामत तक कोई तेरी की नहीं कर सकेगा अजीज याद रख ना अफवाहों पे लगा करें ना किसी बरादरी किसी कौम किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें यहां तो लोग घड़गड़ के चीजें लाते हैं के चीजें लाते और जिनकी हैं उनके पास